जैसा कि हमने शीहल के पहले एपिसोड के लास्ट में देखा था कि कोर्ट रूम में ही जेनी शी हल्क में बदल गई थी और उस छपरी इन्फ्लुएंसर टेटियाना को एक ही पंच में नॉकआउट कर दिया था अब जेनी पहली बार सबके सामने पब्लिकली शी हल्क में बदती थी तो ये लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज बन गया था की जब कोर्ट में टेटियाना ने हमला किया तब एक सीधी साधी दिखने वाली जेनिफर नाम की अटर्नी हरी भरी रंग में बदल कर हो गयी बिल्कुल हर की तरह और उसने कोर्ट के चूरी मेंबर्स की जान बचाई जिसके लिए उसी चूरी का एक मेंबर शी हल को थैंक्स बोलता है और यहीं पर लोग उसे शी हल का नाम देते हैं जेनिफर जिस भी क्लब और बियर बार में जाती थी वहाँ पर सिर्फ शी हल का नाम गुजने लगता है जेनी के लिए काफी अनोइ था कि लोग उसे शी हल के नाम से बुला रहे थे पर निकी उसे समझा देती है कि ज्यादा सोचो मत बस मोमेंट को इंजॉय करो तो चैनी शीहल को बदलकर बाहर में आती है जहाँ पर उसका वेलकम सभी लोग बड़े जोर शोर के साथ करते है शीहल को और निकी दोनों मदिरा का सेवन करने लगी थी और शीहल को अपना सुपर हीरो वाला नाम पसंद नहीं आया था क्यूँकी उसका नाम हल्के पर छाई की तरह लग रहा था तभी वहाँ पर डेनिस आता है डेनिस जैनी से जलता था तो वो उसे ताना मारता है कि उसके इस सुपर हीरो वाले अवतार की वजह से ऐसी कहानी नहीं बताती तो डेनिस को गंध आती है क्यूँकी वो जानता है की जैन का भाई हल्क है डेनिस के चलन को निकी नोटिस करती है और उसे डाँट कर भगा देती है निकी को शीहल की वजह ऐसी फ्री ड्रिंक मिली ये देखकर शीहल्क और भड़क जाती है क्यूँकी जैनी ने सालों मेहनत करके अपनी लॉ डिग्री को इसलिए हासिल नहीं किया था की कि वो एक सुपर हीरो बनकर अपने लाइफ की बैन बजाए उसके हिसाब से सुपर हीरो बनना बस बिलियनरी जीनियस और अनाथ बच्चों का काम है एक तरह से जेनी आयरन मैन हाल और कैप्टन अमेरिका की ले रही थी कि बिना किसी हेल्थ इंश्योरेंस छुट्टी और सैलरी की वो एवेंजर्स का हिस्सा बन के खुद के पैर आरोप कोलाड़ी नहीं मारना चाहती थी वे सोच रही थी की शीहल उनका मजाक उड़ा रही है पर ये हमारे लिए मेटाफोर है की कि बिना किसी फायदे के एवेंजर्स पूरे अर्थ की रक्षा करते हैं वर्णिकी को शीहल काफी हॉर्ट लगती है है जो कि सच भी है तभी वहाँ उनसे ऑफिसर हेड है आते हैं, जो सबसे पहले शी हल्क को जेनिफर में बदलने को बोलते हैं जेनिफर में ट्रांसफॉर्म होते ही चैनी को जबरदस्त वाला हैंगओवर होने लगता है क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हल्क बने रहने पर शराब का नशा उन पर नहीं होता पर उसका असर उनकी ह्यूमन बॉडी आरोप होता है अपने हैंग को संभालते हुए चैनी अपने बॉस की बातें सुन रही थी उसके बॉस उसे थैंक्स बोलते हैं क्यूँकी श्री हल्क ने उनकी जान भी बचाई थी और केस भी जीत गयी थी एंड एच ने उनके केस को नाजायज केस घोषित कर दिया था ये बोलकर कि श्री हल्के चूड़ी की जान बचाई इसलिए चोरी का फैसला उनके पक्ष में नहीं आया देख रहे हो भलाई का जमाना ही नहीं रहा है एक तो जैनी ने उनकी जान बचाई फिर भी उन्होंने घटिया रीजन देकर हरा दिया और जैन के साथ अब ऐसा हमेशा ही होता रहेगा इसलिए उसके बॉस भी उसे जॉब ऐसी निकाल देते है इसे बोलते है खाया पिया कुछ नहीं ग्लास थोड़ा बारह आना बेचारी जैन जॉब जाने के बाद कई सारे लॉ फॉर्म में अप्लाई करती है डिग्री और टैलेंट होने के बाद भी उसे कोई भी अपॉर्चुनिटी तक नहीं देता क्योंकि तो वो अपनी कंपनी में ऐसी वकील नहीं चाहते थे जिससे लोग हमेशा घूरते रहें। बीच में हल्क भैया भी अपनी छोटी बहन को कॉल करके उसके हाल चाल के बारे में पूछते हैं पर चैन तो अपनी लाइफ को सही ट्रैक पर लाने में सुपर बिजी थी चैन का भी मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा था और वो तो कोई स्टार्टअप शुरू करने की प्लान में थी पर उसकी बेस्ट फ्रेंड निकी हमेशा की तरह उसके साथ थी और उससे हौसला दे रही थी की बहुत सारी कंपनी है जो उसे जॉब आरोप रख लेंगी तभी चैन को फैमिली डिनर पर आने के लिए इन्विटेशन मिलता है फैमिली डिनर यानी की घर के सभी लोग साथ में खाना खाते हैं हमारे इंडिया में तो ये नॉर्मल बात है क्योंकि हम रात का खाना अपने परिवार के साथ करते हैं पर ऐसा बाहर नहीं होता जेन के पास जॉब नहीं थी तो उसे डर था कि उसके अंकल आंटी उस पर तानस जरूर मारेंगे इसलिए वो निकी को भी अपने साथ चलने को बोलती है पर निकी की आज डेट थी इसलिए वो जेन के साथ डिनर पर नहीं जाती रात में घर आने आरोप चैन के पेरेंट्स उसका अच्छे ऐसी वेलकम करते हैं हम पहली नजर में ही गेस्ट कर लेते हैं की जैन और उसके फादर मॉरिस का रिलेशन बहुत अच्छा है वेल तो चैन के पेरेंट्स ने सभी को वार्निंग दे दी थी की जैन की जॉब के बारे में कोई बात नहीं करेगा यहीं हम ब्रूस और जेन की तीसरे जूनियर कजन चैट से मिलते हैं जो जेन को देखते ही उससे पूछता है कि उसकी नौकरी क्यों चली गई दरअसल चैट थोड़ा स्लो है इसलिए मॉरिस के मना करने के बाद भी चैट ने जेन से वही सवाल किया जो उससे पूछने को मना किया गया था वैसे चैट का प्रमोशन हुआ है वो अब बेस्ट बिजी स्टोर का मैनेजर बन चुका है भला हो उस स्टोर का जिसका मैनेजर ये नमूना है फिर सब एक एक करके सुपर हीरो की बात करने लगते है जैन की मोम ने तो उसका फोन नंबर बच्चों को बांटना शुरू कर दिया था क्यूँकी वो सबको बता रही थी कि उनकी बेटी एक सुपर हीरो है वहीं पर सब हॉकी के तीरों के बारे में पूछ रहे थे कि तीर चलाने के बाद क्या हॉकी वापस से उन तीरों को इकट्ठा करता है उनके अजीब अजीब सवालों से जेन बिल्कुल पक चुकी थी इसलिए मॉरिस इस जेन को किचन में लेकर आते हैं, जहां पर वो जेन को समझाने लगते हैं क्यूँकी चैन बहुत ही ज्यादा निराश थी उसके हर्क बनने की वजह से उसका फ्यूचर बर्बाद हो रहा है और वो लोगो की नजर में गलत साबित हो रही है मॉरिस उसे प्यार से समझाते है की आके हर्क बनने वाली बात एक टीम सबके सामने आनी ही थी और उसे खुद पर गर्व होना चाहिए की उसने लोगों की बचाई है ना कि अपने बड़े भाई की तरह पूरा शहर तबाह कर दिया हल्क ने भले ही कितनी भी तबाही मचाई हो पर लोगों की नजर में वो हमेशा हीरो ही रहा ढेर से बात कर कि चैनी के सीने से बोझ उतर जाता है पर उस पर अब नई जिम्मेदारी भी आ गई थी क्योंकि वो अब शी हल्क है चैनी बार में बैठकर शराब पीते हुए अपने करियर लॉस जिंदगी आरोप अफसोस जता रही थी उसकी कंडीशन इतनी खस्ता थी की उसके पास अब शराब पीने के भी पैसे खत्म हो गए थे तभी वहाँ पर उससे मिलने जीएल के एन कंपनी का मैनेजर हॉल आता है और वो चैन के लिए ड्रिंक खरीदते हुए उसे एक जॉब ऑफर देता है पहले तो चैन को लगता है कि हॉलवे मजाक कर रहे हैं क्यूँकी उनकी वजह से ही उसकी पिछली जॉब छूटी थी पर मिस्टर हॉलवे एक सख्त इंसान है जो कभी भी नहीं हंसता तो वो मजाक क्यों ही करेंगे वो चैन को अपनी कंपनी में खुल रहे नए रिविजन का हेड बनाना चाहते थे और उन्हें इस बात ऐसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी की जैन अपना असिस्टेंट किसे रख रही है चैन फॉरन इस जॉब के लिए हाँ करती है और उसे मंडी को काम आरोप बुलाया जाता है मंडे की सुबह जैन फुल कॉन्फिडेंस में जी के एंड एच कंपनी में जाकर हॉल वे मिलती है तो उसे चलता है कि सुपर ह्यूमन आजकल बहुत क्राइम करने लगे हैं इसलिए उन्होंने सुपर ह्यूमन लॉ डिविजन का एक नया डिपार्टमेंट शुरू किया है जिसका हेड वो शीहल्क को बनाना चाहते हैं चैन समझ जाती है कि की एन एच वाले उसे और शी हल्क दोनों को जॉब पर रखना चाहते हैं तो देख रहे हो दोस्तों ब्रूस यहाँ पर अपनी आधी जिंदगी हल्क और ब्रूस को एक करने में लगा रहा जिंदगी ने चैन की मुश्किल आसान कर दी चैन का तेज दिमाग और शीहल की ताकत मिलने के बाद चैन का करियर दो लाइट स्पीड की रफ्तार ऐसी भागेगा पर चैन को ऑफिस एयर कोट शी हल्क बन आना पड़ेगा जिससे सबकी नजर उस पर आ गई थी अपने बड़बोले पन में जैन हॉलवे को बता देती है कि वो नास्तिक है वहीं हम उसके बड़े से शानदार ऑफिस में निकी को देखते हैं। मतलब जैन ने अपने साथ निकी की भी लाइफ को ट्रैक पर ला दिया था वाह दोस्तों तो जैन जैसी निकी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था की कंपनी वालों ने जैन की जगह शी हल्का और टों रखा है क्यूँकी जैन उसे शी हल्क में ज्यादा अच्छी लगती थी तभी वहाँ आरोप मिलने कंपनी का एक एम्प्लॉय पग आता है जो शी हल्क के लिए वेलकम गिफ्ट लाया था जिसमे उसने बिल्डिंग के ब्लू प्रिंट सबसे अच्छी टॉयलेट को मांग किया था बस अपने नाम की तरह ही अजीब था इन सब नमूनों से मिलने के बाद चैन को मिस्टर हॉलवे से पता चलता है कि एमिल एमिली को रिहा करवाना ही उनका पहला केस है मैं आपको बता दूं कि एमिल का दूसरा नाम एबोमिनेशन है और आपको तो पता ही है कि थायनस अंकल के पहले हल को टक्कर देने वाला सिर्फ एबोमिनेशन था इसलिए एबोमिनेशन का केस सुनकर चैन के चेहरे का रंग उड़ गया था पर हॉलवे के अनुसार चैन को ये केस लड़ना ही होगा नहीं तो उसकी नौकरी भी चली जाएगी एबोमिनेशन भी यही चाहता है की उसका शी हर्क लड़ी तो हलवे की बात मानकर जैन को पिछले गिले शिकवे मिटाने पड़ते हैं और वो एमल से मिलने के लिए जेल में जाती है क्योंकि ये बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल केस है और गैस अबोमिनेशन को जिस जेल में बंद रखा गया था वो डीओडीसी वालों का है देख रहे वाले हर जगह है कारशी हल को रोक देता है अंदर नहीं जाने देता क्यूँकी वो अंदर सिर्फ ह्यूमन के फॉर्म में ही जा सकती है जैन के बदलने के बाद वो सिक्योरिटी गार्ड ऐसी मजाक करते हुए एमल ऐसी मिलने जाती है जो अभी मस्त अपने ह्यूमन फॉर्म में एक एडवांस चैम्बर के अंदर बन था मिलते ही सबसे पहले एमिल जैन को नमस्ते बोलता है क्योंकि वो जैन को बताना चाहता है कि योग के जरिए उसने भी अपने अंदर के एवोमिनेशन को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है और वो अब खुद भी एक एवोमिनेशन में नहीं बदलना चाहता बात करें एमिल के बैकग्राउंड की तो वो रशिया में पैदा हुआ ब्रिटेन में पला और फिर रॉयल मरीन का कमांडर भी बना जो यू गवर्नमेंट के लिए काम करती थी यही आरोप एमिल अपना नजरिया जैन को बताता है की वो तो मस्त आर्मी का कैप्टन था पर जब हल्का तबाही मचा रहा था तब अमेरिकी सरकार ने ही उसे एबोमिनेशन बनने का सीरम लगाया जिसके बाद वो हल को रोकने गया उसे लग रहा था कि वो अमेरिका का हीरो बनेगा पर आज वो जेल में है चैन भी उसकी बातों से खुद को कनेक्ट कर रही थी पर उस सीरम की वजह से एमिल ने तबाही मचाई थी पर सच्चाई तो हम जानते हैं कि वो झूठ बोल रहा है इंसान नहीं है वो एबिनेशन बनने के पहले ऐसी ही बहुत बड़ा वाला पागल था वही आरोप एमिल अपने सात दोस्तों का भी जिक्र करता है जिनसे वो यही जेल में प्रोग्राम के तहत मिला था और अब वो आजाद होकर उन्हीं सात दोस्तों के साथ शांति पूर्वक चाहता है अब मार्वल वाले सिंस्टर सिक्स के मेम्बर्स को बढ़ाकर तबाही मचाने वाले हैं और ये एमिल जैन को मामू बना रहा है नहीं तो सच में सुधर चुका है इसका जवाब तो बस ये मार्वल वाले ही दे सकते हैं चैन को उसने अपना केस लड़ने के लिए कर ही लिया था पर अभी भी चैन को सोचने के लिए समय चाहिए था घर पर जाकर जैन अपने बड़े भैया हल्क को कॉल लगा कर सब कुछ बताती है की उसकी नई जॉब लगी है और वो चाहते हैं की एवोमिनेशन यानी की एमिल का केस वो लड़े हल्क उससे कुछ बोलना चाहता था पर चैन डरी हुई थी हल्क उसे अब एबोमिनेशन का केस लड़ने ऐसी मना ना कर दी इसलिए वो बिना रुके हल्क को बता रही थी कि सुधर गया है वो बदल गया है हल्क उसे शांत कर समझाता है कि उसे भी लगता है कि वो सुधर गया है क्योंकि कुछ सालों पहले उसने उसे एक लेटर भेजा था जिसमें उसने हल्क से माफी मांगी थी और हल्क ने तो बहुत पहले ही एबोमिनेशन को माफ कर दिया था हल्को जब पता चलता है की जैन को लोग शी हल को लाते तो वो खूब ढहाके लगाता है क्यूँकी वो ये सोच रहा था की जैन खुद को जज के सामने खुद को शी हर्क अटोर्नी एट लॉ बोलकर करेगी चैन भी ये सोचकर हंसती है वहीं पर हम हल्क को देखते हैं जो कि स्पेसशिप में बैठा आउटर स्पेस में कहीं जा रहा था मतलब मार्बल वालों ने वॉल हल्क की नींब बिछाने शुरू कर दी चैन हॉलवे को कॉल करके कंफर्म कर देती है कि वो एबोमिनेशन का केस लड़ेगी पर लास्ट में वो न्यूज पर देखती है कि एक क्लिप वायरल हुई है जिसमे एबोमिनेशन एक रिंग में लड़ रहा था ये सीन शांची मूवी का है जिसमे बॉन्ग एबोमिनेशन को डी के जेल ऐसी भगा ले गया था अब इस व्यापे को चैन डि कैसे संभालेगी ये हम आगे के एपिसोड में लास्ट के एन क्रेडिट सीन में हम शी हल्क को फैमिली डिनर वाली रात में कार को हवा में उठाए देखते हैं क्योंकि उसके जीनियस भाई चैट ने कार का टायर पंचर कर दिया था और उसे टायर को बदलना भी नहीं आता है वहीं हम शी हल्क को देखते हैं जिससे मॉरिस घर में पानी का कैन भरवा रहे थे मतलब घर के अकेले बच्चे हो तो लोग तुम पानी भी भरवाएंगे अब चाहे तुम्हारे पास हर्क जैसी पावर ही क्यों न हो मार्वल का हमें सरप्राइज करना लोग अब भूल चुके हैं पर मुझे यकीन है की शी हल में डेयर टेबल के साथ और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो हमें बहुत सरप्राइज करेंगी सो बिग सरप्राइज के लिए वेट करो दोस्तों बिकॉज मारे डिस अब तक के लिए बस इतना ही मिलते हैं इसके थर्ड एपिसोड में सो so गाइस हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में तब तक